बहुत मौसम बदले, लेकिन मैं वहीं पर डटा रहा। बहुत लोग जिंदगी में आए लेकिन मैं वहीं पर रुका रहा हर किसी ने खेलना चाहा मुझसे हर किसी ने रुलाना चाहा मुझको है मेरी कठिनाइयों सुनो अब मैं बदल जाऊंगा ऐ मुझको कमजोर करने की कोशिश करने वालों अब मैं बदल जाऊंगा जो तुम्हें अपने फोन में नहीं रखना चाहता क्या तुम उसके लिए एक काम कर सकते हो क्या तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो कि जब वो सुबह अपना मोबाइल खोले तब उसके मोबाइल का सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हारे बारे में हो और जो कि किसी न्यूज एप्लीकेशन का हो कि तुमने कोई इतना बड़ा काम कर दिया है की अब तुम्हें जानने के लिए किसी के मोबाइल में उसका कॉन्टेक्ट नंबर बन रहने की जरूरत नहीं है बल्कि अब तो तुम्हारा नाम ही काफी है तुम्हारा काम ही काफी है क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई दिन आए अगर हाँ तो रोना बंद करो की उसने मुझे छोड़ दिया है उसने मुझे ब्लॉक दिया है या वो मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है या मुझे ललकार रहा है क्योंकि यहां पर तो शीशे भी अक्सर झूठ बोलते हैं मेरा यह बदलाव किसी को रास ना आएगा जो स्वार्थी होगा वो मेरे पास ना आएगा मुझे धोखा देने वालों मैं बदल जाऊंगा मुझे झूठा साबित करने वालों हाँ मैं बदल जाऊँगा मैं मैं चांद हूं मुझे आकार और जगह बदलने का शौक है जो क्या हुआ जो कुछ दिन के लिए एक जगह पर रुक गया तो जो क्या हुआ जो कुछ दिन के लिए बहक गया तो मेरा काम है चलते रहना मेहनत के ढांचे में ढलते रहना अरे मुझे धक्का मारने वालों तुम्हारे लिए तो क्या मेरा रवैया मेरे लिए भी बदल जाएगा हां मैं बदल जाऊंगा सभी तूफानों को ललकार लगाऊंगा क्योंकि मुझे खोने वाला कोई नहीं है जिसको मैं पा सकूं वो कोई नहीं अरे कोई मेरे लायक बन सके वो भी कोई नहीं नदी जब टह जाएगी तो नदी कैसे कहलाए सूरज जब थम जाएगा तो सूरज कैसे कहलाएगा हवाएं जब रुक जाएगी तो हवाएं कैसे कहलाएगी और मैं अगर बदलाव नहीं लाऊंगा तो मेरा भी अस्तित्व क्या रह जाएगा ऊपर वाले के के कारखाने में जब इंसान बनते हैं तो सबके खून में एक एक भर दी जाती है अपनी उस कलाकारी को पहचानो अपने उस टैलेंट की कद्र करो खुश नसीब हो जो तुम इंसान बने पर जो सही वक्त पर बदल गए वही महान बने कुछ शैतान कुछ हैवान बने पर जो महान बने वही दुनिया की जान बने अरे विचारों के भवर उलझकर तू कहीं फंस गया है तो तोड़ दे इस भावर को बदलने का वक्त आ गया है। रात का देख नहीं है है किसी के बहकावे में बहने से अच्छा है खुद को बदल देना और आखिर तू जीत फिक्स को किया वादा कैसे भूल सकता है कि देश में तेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करेगा जय हिंद वंदे मातरम